हेलो गाइज वेलकम टू इन माय वीडियो तो गाइज ये मेरे चैनल की पहली वीडियो है और हम लोग खेल रहे हैं बी आर रैंक्ड और हम लोग उतरने जा रहे हैं पिक पे और हमारे साथ हमारे तीन टीममेट्स भी हैं जो कि मैंने अनरोल प्लेयर है मैं नहीं जानता हूँ इनको तो हम लोग इसको हम इधर उतरते हैं और उसके बाद लूट करते हैं तो हम मुझे इधर सामने पेटी मिल गई है तो हम पेटी लूटते फटाफट से तो हमने पेटी लूट ली और हमको मिल गई है मैक टेन और पैन और इसकी थोड़ी सी एमओ मिल गई है तो हम आपको मिलते हैं पूरी लूट करने के बाद तो हमने पूरी लूट कर ली है और हम चलो इधर भी थोड़ी लूट करते हैं थोड़ी लूट और बची है मुझे एम्फोरेबन जैड करनी है अरे अरे अरे अरे भाई को पड़ी भाई को पढ़ी सामने बंदे आ गए एक है कि पूरी स्कॉडे देखना पड़ेगा इधर कवर ले दो नहीं है नहीं है नहीं है चलो चलो अंदर देखते अंदर ही होगा अरे अंदर भी नहीं, नहीं ये कहाँ गया बंदा मार तो नहीं दिया अरे ये रह, ये रह, ये रहिए ये रहिए अरे मारो मारो मारो अरे गया भाई क्या ही किल चोरी करिए यार और हमारा इसी के साथ एक किल हो चुका है जो कि किल चोरी का था चलो भाई इसको रिवाइव करते हैं और उसके बाद हम हमारी लूट लेते हैं तो हमको मिल गई इसके साथ मैडी एम पी और मुझे एम करनी है जो कि एम का वो चिप नहीं मिल रही है मुझे लगता है टोकन से ही लेनी पड़ेगी तो हम इसको ढूंढेंगे थोड़ा बहुत तो इधर हमारी प्रॉपर लूट हो चुकी है सब कुछ मिल चुका है बस मेरे पास ग्लू वॉल एक भी नहीं है मैं बीस लगा के आया हूँ मैं वो नहीं लगा के आया मिस्टर वेगौर तो मिस्टर वेगौर क्या नाम है पता नहीं तो मैं मिस्टर वेगौर नहीं लगा के आया हूँ इसलिए मेरे पास ग्लू नहीं आई अभी तक तो मुझे ग्लू और एम लेवल की करनी है तो हम आपको मिलते हैं एम लेवल की करने के बाद तो हम जा रहे हैं लूट वो एम थ्री लेवल की चिप करने के लिए और चलो इधर थोड़ी लूट लेते हैं इधर भी पड़ी हो शायद चलो अरे भाई बंदे बंदे बंदे बंदे इसके ना भाई को लूट नहीं लग रही ओ भाई भाई भाई भाई भागो भागो भागो भागो भाई पिन कितना हाई चलेगा भाई पाँच सौ पाँच सौ पाँच सौ भाई, भाई भाई भाई जल्दी भागो जल्दी भागो, जल्दी भागो बंदा मान नहीं दे भाई साहब क्या हो गया था ये भाई पिन क्यों वहाँ ही चले गया भाई मेरे पास स्कोप भी नहीं है यार पहले तो मेडी लगाने दो यार पहले इधर आके मैडी लगाने दो इन्हेलर ले लेते पहले ले भाई मुझे ये ड्रम फोड़ना पड़ेगा लेकिन इधर सामने अपना दोस्त बैठा है वो भी डाउन हो जाएगा वरना बंदर ड्रम फोड़ के हमको ही डाउन कर सकते हैं पहले हम बंदों को देखते यार हमारे दो बंदे नीचे फाइट ले रहे हैं चलो ये हट चुका पहले हम ये ड्रम फोड़ते हैं वरना वो बंदे हमको मार सकते इसको फोड़ दिया तो नीचे चलते हमारी एच भी फुल हो गई और हमारा पिन भी अब हाई नहीं जा रहा है चलो नीचे चलते अरे शिट यार मैं कूद गया यार मेरी एच चली गई कोई ना न लेते और पहले इधर से लूट लेते भाई इनको फिर से पड़ी पहले ही लूट ले लेते हैं ना ये तो मार ही देंगे चलो भाई इसने मार ही दिया एक क्लेयर तो चलो इधर से भी थोड़ी बहुत लूट उठा लेते हैं हमारी एम लेवल की हो चुकी है तो हमको मिल चुका है फोर चलो फोर मिल गया चलो अब एम फोर एवन थ्री लेवल की करते हैं फटाख से एक भाई एक यार से मैंने डबल चिप ले ली भाई एक चिप ज़्यादा हो गई मेरे पास शायद हाँ भाई एक चिप ज़्यादा हो गई है चलो भाई फोर मेरा अरे मैंने फोर एक्स तो उठाया था यार चलो कोई ना वापिस से मिल गया है अच्छी बात है चलो इधर चलते हैं भाई भाई भाई भाई इधर सामने बंदा सामने बंदा भाई ये, भाई, ले ले días, भाई ये किल ले दो यार प्लीज यार प्लीज ये किल ले दो भाई बड़ी मुश्किल से तो एक किल मिला यार अरे भाई इसको भी मार दो ना यार तुम लोग कोई ना हमको ग्लूबल मिल गई है तो अब मुझे एक भी बंदा मिल जाए मैं तो उसको मार गई मानूंगा भाई एकदम पोटाख शर्ट देंगे यहाँ पर अरे बोलते से ही बंदा मिल गया चलो मारते अरे भाई भाई भाई वाई ये क्या हो गया चलो कोई ना भाई भाई रिवाइव कर दे भाई प्लीज रिवाइव कर दे यार। भाई मैं मर यार। भाई मेरा पिन क्यों आए गया मैं। आ तो गया अरे और एक और बंदा टीम मेट आ गया चलो ये किल तो मैं लेके मानूंगा भाई इसको नहीं मारू अच्छा भाई एक और किल हमारा हो चुका है इसी के साथ क्योंकि किस इस बार चोरी का नहीं था इस बार, बार चोरी थो थो का नहीं था भाई तो हमारा प्लेयर रिकॉर्ड डाउन हो चुका है एडब्ल्यू एम से चलो पहले लूट ही ले लेते हैं ना उसको तो टोकन से रिवाइव कर देंगे रिवाइव चलो हमारी प्रॉपर लूट हो चुकी है अब वो ए डब्ल्यू वालों को देते हैं फड़ाफड़ शायद मेरे को लग रहा है इसी के टीम है ऊपर हमने उनके दो टीम मारे तो वो हमारा एक टीम मार रहा है कोई ना इसने हमारे दोस्त ने शायद मार दिया है नहीं मारा फाइट चल रही है इनकी पहले इसको रिवाइव कर देते हैं हाँ भाई मार दिया यार इसको भी मार दिया चलो इसको रिवाइव कर दिया है हमने तो चलिए आगे चलते चलो आपको मिलते हैं हम बंदे मिलने के बाद तो चलो भाई इधर कोई बंदा मिल जाए तो अच्छी बात है अरे सामने ही बंदा और है भाई ये लैंडमाइन किसका है एनिमी कर नहीं हूँ अच्छा ब्रांड भी है वरना मैं तो आज डाउन ही हो जाता कितना बड़ा रिस्क उठा रहा हूँ यार में वो लेनी है यार अरे भाई अपने दोस्त ने ही लेगी कोई ना चलो ये भी ठीक है चलेगा तो गाइज़ अगर आप ये वीडियो इधर तक देख रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना हमारे हो चुके हैं तीन किल हम चाहते हैं हमारे कम से कम पाँच किल तो हो ही जाए तभी तो मज़े आएगी तो चलो आगे बंदे मिलते हैं तभी आपको आते हैं हम आपके पास तो इधर आ चुके हैं सामने ग्लू वाला भी जीवर लगी, जीवर लगी। तो आगे आगे चलते भाई दिख गए दो दो दिख गए अरे भाई भाई भाई अरे यार ये सो कवर नहीं करेगा भाई भाई भाई अरे यार यार जू लगा ली यार मजा नहीं यार अरे बंदो बता नहीं अरे भाई भाई जू लगा ओ भाई क्या शर्ट दिखाया मजा आता चलो इसको लूटते भाई एक ले डाउन हो गया अरे एक और दाड़ा, दाड़ा। डाउन हो गया ये क्या हो रहा रहा है है यार करने पहले भाई वो वो देखो सामने वो बंदा डाउन कर रहा है। एक सेकेंड अभी बताता बताता रुक तेरी बता अरे भाई क्या हो रहा है भाई यार पहले इसको फिनिश करने दो तेरु लगाओ अरे भाई डैमेज दे रहा है तेरे को बजाना पड़ेगा तेरी बताता मैं अब बोल तू अब बोल फाल तू अब बोल तू मेरे से बंदा लेता है अरे भाई इधर भी एक बंदा चलो मारते चलो इसको भी हमने कर दिया और इसी के साथ हमारा हो चुका है तो अगर आपको इधर तक वीडियो अच्छी लगी हो तो एंड तक जरूर देख लेना भाई एक बंदा एलिमिनेट हो गया यार बस लास्ट बंदा बचा है ओ भाई लास्ट ये जोन में आने की की कर रहा है। और जोन है हमारे, हमारे चारो टीमेट जिंदा है बाय बाय बाय बाय बाय क्या ही गदर गेम प्ले निकला है यार क्या ही गदर गेम प्ले चल रहा है भाई ये किल मुझे मिल जाए ना सात किल हो जाएंगे एक नंबर वाले यार चलो आगे चलते भाई मेरे पास ग्रेनेट है ग्रेनेट फेंकता हूँ मौको तो मौको का मार्क्स तो दिख रहा है चलो मैंने दो ग्रेनेड फेंक दिए चार ग्रेनेड से कोई ना भाई ये ग्रेनेड फेंकने लगा रुक जा रुक जा रुक ओ भाई भाई भाई भाई मैं ग्रेनेड के पास आ गया ग्रेनेड के पास आगे भागो भागो अरे यार भाई एलिमिनेट हो गया यार चलो कोई ना गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलने के लिए तो बाय गाइज टाटा